हे महाकाय जे मरे जगतू काकरिया माया बटोरके माया माया बटोरके

Oh okay. wait

मुने अटि मानी काकरिया माया मधुर्गे हम जना पर गोदे भ्रम जाए का करिया माया मधुर्गे

न भयानकर दी न करिया माया बडूरसी ओ हो न भयानकर दी न करिया माया बडूरसी जे कत न क्रोध बाति पाकरिया माया बडूरसी लाते को तर तोरे काम नहीं है

पोदर दुरेखा बनई है का मन आय

दिल के दिलिया माया भटोर के भजन दिल के करिया माया भटोर गे

いたた<音楽>